इस माटी को महबूब लिखो भारत को अपनी जान लिखो इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो रहमान लिखो इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से सब लिखते होंगे से से तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो